एक दिव्यांग राजा की पेंटिंग ए मोटिवेशनल स्टोरी ये कहानी एक दिव्यांग राजा की है जिसके राज्य में कोई भी परेशानी या समस्या नहीं थी सभी लोग उस राजा से बहुत खुश थे और ऊपर वाले से धन्यवाद करते थे कि इतने अच्छे राजा को उनकी जिंदगी में भेजे हैं वह राजा दिव्यांग था उसकी एक आँख नहीं थी और एक पैर नहीं था लेकिन फिर भी राजा को इस बात का कोई भी मलाल नहीं था एक दिन राजा अपने महल के गलियारे में घूमते हुए अपने पूर्वजों की लगी तस्वीरों को देख रहा था और सोच रहा था कि मेरे पिताजी इतने सुरवीर थे उनके पिताजी इतने सुरवीर थे हमें इतने सुरवीर खानदान में जन्म लेने का मौका मिला ये ऊपर वाले का धन्यवाद है राजा ने सभी चित्रों को देखते हुए आखिरी चित्र तक पहुँचा और फिर उस खाली जगह को देखा तो वह चिंता में पड़ गया क्योंकि उसे मालूम था कि अब यहाँ जो तस्वीर लगेगी वह उसी की लगेगी लेकिन राजा को इस बात की चिंता नहीं थी कि वह मर जाएगा चिंता इस बात की थी कि वहाँ जो पेंटिंग लगेगी वो कैसी लगेगी राजा का एक आँख और एक पैर ना होने की वजह से वह चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि इस गलियारे में इतनी शानदार पेंटिंग लगी है लेकिन मेरी एक आँख और एक पैर ना होने की वजह से मेरी ही तस्वीर सबसे खराब लगेगी और सबसे बदी दिखेगी राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद पता नहीं कैसी पेंटिंग बनेगी और क्यों ना मैं जीते जी ही एक शानदार पेंटिंग बनाऊँ ताकि मुझे सुकून मिल जाए कि मेरी यहाँ अच्छी पेंटिंग लगेगी अब उस राजा ने ऐलान करवा दिया गया और सभी पेंटर्स को बुलाया गया और कहा गया कि जो भी पेंटर राजा की शानदार पेंटिंग बनाएगा उसे शानदार इनाम मिलेगा अब सभी पेंटर राज्य में आए और उन पेंटर को पता था कि अगर शानदार पेंटिंग बनेगा तो शानदार इनाम मिलेगा लेकिन जिस राजा का एक आँख नहीं है एक पैर नहीं उसका शानदार पेंटिंग कैसे बनेगी पेंटर सोच रहे थे कि इनाम का तो पता नहीं लेकिन अगर शानदार पेंटिंग नहीं बनेगी और राजा को गुस्सा आ गया तो सजा मिलेगी इसलिए बड़े बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आए तभी उसमें से एक लड़का बोला राजा साहब मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूं मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए अब सभी बड़े बड़े पेंटर हैरान हो गए कि ये लड़का क्या पेंटिंग बनाएगा अगर राजा को पेंटिंग पसंद नहीं आई तो इसे सजा जरूर मिलेगी राजा बोला ठीक है आप बना करके आइए अगले दिन वह लड़का तस्वीर बनाकर लाने वाला था और दरबार पूरी तरह से भर चुका था लोग दूर दूर से ये देखने के लिए आए थे कि वह लड़का कैसी पेंटिंग बनाकर लाएगा अब लड़का जब उस राजा की पेंटिंग बनाकर लाया तो लोग आश्चर्यचकित रह गए सब लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे सीटी बजाने लगे और जब राजा ने उस पेंटिंग को देखा तो वह खुश हो गया और बोला कि वाह वा, इससे अच्छी पेंटिंग तो इस पूरे गलियारे में नहीं है राजा ने उस लड़के को बहुत सारा इनाम दिया अब आप सोच रहे होंगे कि उस राजा की क्या पेंटिंग बनी होगी जिसकी एक आंख नहीं है और एक पैर नहीं है कैसी पेंटिंग बनी होगी उस तस्वीर में लड़के ने उस राजा को एक घोड़े पर सवार किया था एक साइड से उस राजा का एक पेड़ दिख था और राजा तीरंदाजी करते हुए निशाना लगा रहा था और निशाना लगाते वक्त एक आंख बंद हो जाती है और उस लड़के ने उस राजा का वही आँख बंद की थी जो राजा के पास नहीं थी इस तरह से उस लड़के ने राजा को निशाना लगाते हुए घोड़े के ऊपर सवार दिखाया जिससे एक आँख बंद और एक पैर दिखाया गया और इतना शानदार पेंटिंग बनाया था कि वह अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग थी उस लड़के के सामने भी चुनौती थी संकट था लेकिन उसने सकारात्मकता का साथ नहीं छोड़ा जिंदगी में आप जिस भी मुकाम पर हो जिस भी संकट में फंस जाए जिस भी स्थिति में हो अगर आपने का साथ कभी नहीं छोड़ा तो यकीन मानिए आप उस संकट से बाहर निकल आएंगे जिंदगी में उम्मीद का साथ मुझ छोड़िए क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया तो फिर जिंदगी उसका साथ छोड़ देती है हर पल सकारात्मक रहिए खुश रहिए ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ और अपनों के प्यार के साथ अपनी अच्छी और सच्ची मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करनी चाहे आपकी जैसी दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे आने वाले नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले जय हिंद जय जै भारत वंदे मातरा